हेलो गाइस वेलकम टू अर माय यूट्यूब चैनल तो यार गाइस आज चलाऊँगा रेंज रोवर तो ये कार काफ़ी टाइम से मेरा पास है चला ही नहीं और थम्बल में जो देखा था जो कार तीन वो तीनों कार का टेस्ट करने वाला हूँ रेस अफ्रोडिंग कितना तगड़ी है सब ट्राई करूँगा तो अभी एक बंदे को ठुकने वाला हूँ ठुकने के बाद कार का क्या हाल होता है देखूंगा तो माय गॉड कार का पूरा हालत बिगड़ गई है अभी सामने एक फरारी है और देखते हैं फरारी का कितना मजबूती होता है चलो तो देखते ओ भाई नहीं होगा इस इस तरफ नहीं होगा उस तरफ जाना पड़ेगा चलिए उस तरफ चलते हैं ये गाड़ी जो फरारी है उसका रफ्तार करीब सेकंड में पाँच सेकंड में सो स्पीड पकड़ लेता है पाँच में सेकंड पे स्पीड पकड़ लेता है, तो कार है वो ये कार बहुत ज़्यादा का हैफी और यह कार कभी नहीं टूटने वाला है उतना भी रोडिंग कर लो तो टेस्ट करने वाला हूँ जितना मजबूत है फिर इसका डोर ही थोड़ा हिलता है नो no प्रॉब्लम लेकिन पूरी कारी ही सेफ है कुछ नहीं होगा तो उसके बाद चलाऊंगा रोल रॉयस सबसे महंगा दस करोड़ वाला रोल रॉयस तो सामने हम लोगों का रोल रॉयस खड़ा होगा तो इसको एक ग्लाइड करेंगे देखना कैसे ग्लाइड होगा चलो अब करते हैं वो माय कट ग्लैड बहुत अच्छा रहा और अब भी रोल रेस को बुलाते हैं रोल शायद आ गई हम लोगों को पास ठीक है रुको मेरा साइड चलो रोल रेस चलाते हैं अब यह भी कार बहुत अच्छी है बट ये थोड़ा क्रेश ज़्यादा ही हो जाता है इस कार में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है ये फरारी ने और रोल रेस भी अच्छी है बट फरारी बहुत फ़र्स्ट एक नंबर हो गए और रेंज रोबर तो पूरी तरीके से हार गया क्योंकि उसका पहले एक्सीडेंट में पूरा दौर पीछे का बोनेट सामने का बोनेट सब टूट गया आई होप बी टी वाचल सब्सक्राइब कर